नमस्कार दोस्तों आप लोग चैनल लो कार्ड को कैसे डाउनलोड करें या राशन कार्ड को कैसे प्रिंट करें या राशन कार्ड में बड़ी या घटी हुई यूनिट को कैसे देखें तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो राशन कार्ड को डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए सबसे पहले ब्राउजर में आप टाइप करेंगे राशन कार्ड राशन कार्ड टाइप करके प्रिंट कर देंगे और आप लोगों के सामने सबसे टॉप पे एक लिंक आएगा डॉट यूपी डॉट जी इन उस पर क्लिक करेंगे अब उत्तर प्रदेश सभी जिलों का नाम आप लोगों के सामने आ जाएगा उसमें आप जिस जिले में रहते हैं उसको क्लिक करें जैसे कि मैं चंदौली जिले में रहता हूं मैं चंदौली जिले पर क्लिक करता हूं अब चंदौली जिले में जितने भी टाउन है उनके नाम और जितने ब्लॉक है उनके नाम आप लोगों को सामने आ गए अगर आप टाउ टाउन में आपका मकान पड़ता है तो टाउन में उस टाउन को क्लिक करें यदि आप किसी गाँव के रहने वाले हैं तो जिस ब्लाक में रहते हैं उस ब्लाक पे क्लिक करें जैसे कि मैं चकिया क्लिक करता हूँ उस ब्लॉक चकियां ब्लॉक जैसे कि मैंने चकियां ब्लॉक पर क्लिक किया होता तो इस ब्लॉक में जितने भी जितने भी भी गांव हैं वो आपके सामने आ गए अब यहां पर कितने कार्ड है अंत्योदय कितने कार्ड है और टोटल कितने लाभार्थी है जैसे की एक, एक गाँव को लेकर चलता हूँ इसके सामने <coughs> पात्र गहती पांच सौ पंद्रह कार्ड जिसमें कितने मेंबर्स हैं हजार तीन तो, और तेईस अंत्योदय कार्ड है और उसमें 77 मेंबर्स हैं टोटल पाँच कार्ड और कुल तो मिलाकर 2440 कार्ड धारक है जिस टोटल मेंबर्स हैं पूरे गांव में तो, तो जो गांव का नाम लिखा हुआ है उस उसपे हम क्लिक करते हैं अब हम लोगों के सामने जो भी इस गाँव का कोटेदार है जैसे की यहाँ पे फौलदार सिंह उनका नाम आ गया पात्र गृहस्थी में कितने में कार्ड हैं वो सामने डिटेल्स है जो भी इसके पहले मैंने वहाँ पर भी दिया हुआ था 515 सौ टोटल मेम्बर्स हैं और अंत्योदय में राशन कार्ड तेईस हैं कुल और टोटल लाभार्थी 77 हैं और यहाँ पर टोटल कर दिया गया है पाँच टोटल कार्ड गए हैं 2440 मेंबर्स हैं हमें जो कि अंतोदय का देखना है तो जो भी नंबर लिखा हुआ है कार्ड नंबर उस पर क्लिक करेंगे या पात्र का देखना है तो इस इसपे 515 सौ क्लिक करेंगे अगर अंतोदय का देखना है तो तेज पे क्लिक करेंगे अगर पात्र का देखना है तो 515 सौ पे क्लिक करेंगे पाँच 515 पंद्रह पे क्लिक किया पाँच सौ में अपने अपना नाम सर्च करने के लिए चाहे तो आप स्क्रोल बार से एक एक देख के आप सर्च कर सकते हैं या आप बाई नेम सर्च कर सकते हैं अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बाई नेम सर्च करने के लिए आपको हिंदी टाइप करना होगा अगर आप मोबाइल में सर्च कर रहे हैं तो मोबाइल में गूगल इंडिक में आप इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर लें और बाय नेम सर्च कर लेंगे और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में अपना राशन कार्ड देख रहे हैं तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन के लिए या तो गूगल का आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए या तो एक पोर्टल है इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन के लिए चंगाती डॉट कॉम आप उसको ब्राउजर के दूसरे टैब में ओपन कर लें और यहाँ पर जो भी नाम सर्च करना है उसको इंग्लिश में टाइप करें मैंने हिराफ्टी टाइप किया हिरा, टाइप करने के बाद स्पेस इस्पेस क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट कर देता है और इसको मैंने कंट्रोल से किया अब अगर आपको इसमें ये दिख रहा होगा कि नहीं ये गलत मात्रा इसकी छोटी इसमें मात्रा गलत समझ में आ रहा है तो एक क्लिक और करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन देगा तो अभी मैंने मुझे नहीं लेना है तो ये क्लिक सेलेक्ट किया कंट्रोल से और इसमें बाय नेम सर्च करने के कंट्रोल करेंगे कंट्रोल जब करेंगे तो कंट्रोल करेंगे कंट्रोल करने के बाद जो हमने वहां पे कॉपी किया हुआ था उसको कंट्रोल भी करेंगे देखिए इस गांव में इस नाम से तीन लोग हैं अगर ये आपको इनके पति या पिता का नाम ये नहीं समझ समझे नहीं ये नहीं है तो ये डाउन एरो को क्लिक करेंगे नेक्स्ट ही रावती देवी रामाश्रय सिंह उनका बल्दियत है उसके बाद नेक्स्ट ये है हाँ आदित्य तो अगर आपको अपना कार्ड मिल गया हो तो ये लेफ्ट साइड जो कार्ड संख्या लिखी हुई है उस पर क्लिक करेंगे यही लिंक है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कार्ड संख्या पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने आपके कार्ड का पूरा डिटेल्स है इसमें देखिए तो टोटल चार यूनिट है अगर कटाया बढ़ाए तो आप यहां से देख सकते हैं अगर आपको अपने कार्ड को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहां पे आपका जो भी प्रिंटर हो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे जैसे कि मेरे मेरे लैपटॉप में कैनएन और एफन के दो प्रिंटर इंस्टॉल हैं यहां पर सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आप अपना कार्ड प्रिंट कर लेंगे अगर आप अपने कार्ड को बाई नेम ना सर्च करके बाई कार्ड सर्च करते हैं तो और एग्जैक्ट आएगा क्योंकि एक नाम के एक गांव में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं लेकिन एक कार्ड नंबर के एक गांव के पूरे यूपी में एक ही वो कार्ड धारक होगा तो अगर आपको अपना कार्ड नंबर याद है तो कंट्रोल मतलब ये आप अपना कार्ड नंबर टाइप करेंगे ये देखिए इस कार्ड नंबर जो मैंने कंट्रोल एफ सर्च बॉक्स में जो मैंने टाइप किया हुआ है वो हाईलाइट हो चुका है और इस ये कार्ड नंबर सिर्फ एक ही शो करेगा और इसके सामने और भी डिटेल्स हैं कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं टोटल चार मेंबर्स हैं और ये कार्ड लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था जैताकि यहाँ पर दिखा रहा है की ये कार्ड बीस सेप्टेम्बर दो हजार उन्नीस को लास्ट टाइम अपडेट हुआ था अब सेम डिटेल्स वही कार्ड नंबर पर हम क्लिक करेंगे तो सेम डिटेल्स आपको दिखाई देगा और आप कार्ड को प्रिंट करना चाहेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे कंट्रोल पी प्रिंट और यहां पर अपने अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे आपने मेरे वीडियो को तो अंतर देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें मेरी वीडियो को अंतर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद